जीकमगढ़ में कुंडेश्वर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया है मामले की शिकायत पीड़ित छात्रों ने सोमवार को स्कूल प्रबंधन से की और इसके बाद छात्रों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया वही मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों ने आरोप लगाया है कि बारहवीं कक्षा के आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों ने उनके साथ लाठी डंडो से मारपीट की है सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को ग्राउंड में बुलाया और एक एक कर कई छात्रों के साथ मारपीट की छात्रों ने बताया कि इससे पहले भी सीनियर छात्रों ने कई बार मारपीट की थी जिसकी शिकायत उन्होंने स्कूल प्रबंधन से की लेकिन सीनियर छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई पीड़ित छात्रों ने स्कूल प्राचार्य उमा पी से मामले की शिकायत की और जब कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया नवोदय विद्यालय में रेगिंग का मामला सामने आते ही एसडीएम सीपी पटेल ने पुलिस को सूचना दी और मामले की जांच कराने के निर्देश दिए वहीं मारपीट को लेकर छात्रों के परिजनों का गुस्सा स्कूल प्रबंधन पर फूटने लगा है वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज देख रहे हैं